आज हम बताने वाले हैं गेम खेलने के फायदे और नुकसान के बारे में है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आइए ये बनो और देश को समा नंबर एक गेम खेलने से आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होता है नंबर दो <laughs> तो, गेम खेलने ऐसी आपका मेमोरी पावर यानि याद रखने की क्षमता भी इम्प्रूव होती है मतलब बढ़ जाती है अरे नंबर तीन गेम खेलने से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी हाथ और आंख का तालमेल मतलब आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं हाथ से अच्छा हमको सिखा रही है और नंबर चार चार नंबर चार नंबर चार भूल गया यार रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का नंबर चार नंबर चार नंबर चार, नम्द चार, नम्द चार, नम्द चार, नम्द चार। ले, एक काम कर दो सौ रूपए कहा अब हम गेम खेलने के नुकसान के बारे में बताएंगे तो नंबर एक गेम खेलने से हम बहुत ही ज्यादा जब गेम खेलते हैं तब हमारे आँखों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत होता है। नहीं आप ना। लेकिन हम फिर भी गेम खेलते हैं इसी वजह से हमारा आँख धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होने लगता है ये तो लेटेस्ट न्यूज है अब नंबर दो गेम खेलने से हमारे दिमाग को बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा सोता है हमारे दिमाग दिमाग अरे कहना क्या चाहते हो इसीलिए हमें नींद नहीं आती और हम ठीक से सो नहीं पाते और नंबर तीन गेम खेलने ऐसी जब हम गेम खेलते हैं तब तो हम बैठे रहते हैं बैठकर गेम खेलते हैं तो इसी वजह से हम मोटे हो सकते हैं